पीपल का बड़ा वृक्ष था यह वृक्ष 200 साल से अधिक पुराना था गांव के लोग उस वृक्ष के नीचे नहीं जाते थे वहाँ एक भयंकर विश्वधर सांप रहा करता था कई बार उसने चारा खा रही बकरियों को काट लिया था गांव के लोगों में उसका डर था गांव में रामकृष्ण परमहंस आए हुए थे लोगों ने उस विषधर का इलाज करने को कहा रामकृष्ण परमहंस उस वृक्ष के नीचे गए और विषधर को बुलाया विश्वधर क्रोध में परमहंस जी के सामने आकर खड़ा हुआ विषधर को जीवन का ज्ञान देकर परमहंस वहाँ से चले गए विषधर अब शांत स्वभाव का हो गया वह किसी को काटना नहीं था गांव के लोग भी बिना डरे उस वृक्ष के नीचे जाने लगे एक दिन जब रामकृष्ण परमहंस गांव लौट कर आए उन्होंने देखा बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे खेल रहा है वह विश्वधर को परेशान कर रहे थे विश्वधर कुछ नहीं कर रहा था ऐसा करता दे उन्होंने बच्चे को डांटा और विषधर को अपने साथ ले गए शेख संत की संगति में दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं